घर से निकल गया और अभी जा रहा हूँ चंदन का बड्डे जिसका बर्थडे ना उसका नाम चंदन है और अभी केक भी लेना है उसके लिए और अभी उधर पे उधर पे जाके हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे कौन सा केक लेना है क्या गिफ्ट लेना है गिफ्ट तो सोच रहा हूँ मेरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यही सोच रहा हूँ दे दूँ और तो देखते देंगे कि नहीं देंगे फिर वहाँ चलते है, देखते है। अच्छा कोई गिफ्ट रहेगा वही देंगे तो चलते फटाफट से उसके पास ही मिलते मुझे लगा कि उन लोग उन लोगों को लेने मुझे जाना पड़ेगा पर फाइनली वो लोग इधर खुद आ रहे हैं मतलब जहाँ मेरे हूँ नाला सुबह स्टेशन उन लोग यहाँ पे खुद ही आ रहे हैं तो अभी मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है लोग यहाँ आ जाएंगे और फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे शायद कोई अच्छा सा शॉप देखेंगे केक शॉप और वहाँ से हम लोग केक लेंगे फिर वहाँ से सेलिब्रेट करेंगे और जो करेंगे वो आपको पूरा दिखाऊँगा ऐसे कुछ नहीं कट करना पड़ेगा एडिट में पूरा दिखाऊँगा आपको और चलती है फिर फाइनली अभी केक लेते हैं उन लोग आने ही वाले और दिखाता हूँ मैं कहाँ पर खड़ा हूँ अभी कुछ लोग हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ और मैं धीरे से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे क्राउड से ये यह देखो यहाँ पे ट्रेन आ रही है और ट्रेन आ गई है और अभी एक ट्रेन और आने वाली है उसमें शायद लोग आएंगे अभी इस ट्रेन में लोग नहीं हैं और फ़ाइनल डेट में आपको बता दूँ मैं फ़ोन लेने का और एक और सरप्राइज है मैं आप आपको बताऊँगा आगे बोले आगे वाले ब्लॉगम तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है और क्या सरप्राइज़ है मैं आपको आगे प्रॉब्लम बताऊँगा और फाइनल डेट बता दूँ मैं और टेंथ जुलाई को मेरा फ़ोन आ रहा है क्योंकि तेन जुलाई को मेरा बर्थडे और मेरा मैं मेरा भाई ने मुझे क्या बोला तू फ़ोन मत करी था मैं तुझे गिफ्ट कर दूँगा बर्थडे के दिन जो फ़ोन बोलेगा तो, तो और, और क्या अच्छी बात है कि जो मेरे पैसे भी बच रहे हैं और गिफ्ट में फ़ोन मिल जा रहे हैं वो फ़ोन कुछ कॉस्ट मेरे को ज़्यादा पड़ रहा है सत्रह हज़ार रुपये का पड़ रहा है तो वो फ़ोन लेंगे फिर तो उसके बाद ही अच्छा खासा ब्लॉग आएगा और इसमें क्या है ना देखो जो ऐसे ऐसे मैं करता हूँ ना तो ऐसे ऐसे खिलते रहता है फ़ोन कैमरा तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और उस फ़ोन में बहुत स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है तो उस हिसाब से उस हिसाब से मुझे वो फ़ोन बहुत बेस्ट पड़ेगा और मैं यहाँ पे ऐसा शूट कर रहा हूँ ना बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि अभी क्या कर रहे हैं पागल सब तो उन नहीं पता है ना ट्रेन आई देखते अभी इसके अंदर वो लोग रहेंगे तो ठीक नहीं तो फिर नेक्स्ट वाली ट्रेन का वेट करना पड़ेगा अपने को तो यहाँ पे बोलते हैं ना दस दस मिनट पे ट्रेन आती रहिए जो मुंबई में रहते उनको तो पता ही होएगा जो मुंबई में रहते हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ तो यहाँ पे दस दस मिनट पर हर एक ट्रेन दस मिनट पाँच पाँच मिनट पर एक एक ट्रेन आती तो रहती अभी देखते वो लोग आए कि नहीं यहाँ पर वाला वाला वाला वाला वाला कौन सा है? है। है, लास्ट क्या? लाइन। पूरा? ये ये ये ये 250 का? ले ले। लग रहा दोनों दोनों सेम सेम पर ये वाला मेरे को बेस्ट लग रहा था उसमें और 300 का कौन सा है 300 का नहीं है। तो फिर कौन सा है 350 का। ये ले लेना उस साइड भी ये ये तो है तो वही ले वो वो ले ले ले ओ ओले ओले ओले ये ये वाला वाला ना दोनों वो एक लो लेक पा अरे आमिर है की लिखा ना खत्म का चंदन है चंदू लिखा दे लिखा उसकी गाय को देखा उसके बाद देख भेज देता हूँ सी डॉट एस करके